ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको रब पर रखो भरोसा और वक्त पर ऐतबार करो से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे कल क्या होगा कभी मत सोचो क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे हवाओं के भरोसे मत उड़ चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं अपने पंखों पर भरोसा रख हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं